बरसा बहार लाई कैसी निराली है बरसा बहार लाई कैसी निराली है मोरबा बिना चौदन की हरियाली है लाई कहते निरामी है मोरा बाघि ना जो समी हरियाणी है बलियांग बोल बनियांग बोल समी ंदा फूल एक संग में सांधा की बस्तीवा अपने उमान में सदसंग बस्ती बाजी अपने उमान में सदसंगद संग खिया मिल के गाली राजेश जरिया जलिया तब सखिया मिलकर गाली